ब्रह्मास के बाद एक और बाइकॉट की मांग जी हां मैं बात कर रही हूं इस सप्ताह रिलीज होने वाले ऋतिक और शैफ की मूवी विक्रम वेदा की आरमा के तमिल फिल्म की रीमेक विक्रम वेधा अब ब्लॉकबस्टर बन गई है दरअसल शेफ अली खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था की मुझे एक अंतरराष्ट्रीय नाम चाहिए था मैं अपने बेटे का नाम सिकंदर या राम नहीं रख सका तो सोचा की उन्हें एक अच्छा मुस्लिम नाम रखा जाए ये वीडियो देखकर जनता काफी नाराज है शेफ से इसी पर शेफ अली खान के एक यूजर का कहना है कि जब इनकी पत्नी जब इनकी पत्नी का नाम करीना कपूर खान हो सकता है तो इनके बेटे का नाम राम क्यों नहीं ऐसा क्यों